रहा रहा है, रहा है, है। समरी शिव मंदिर तो गाय देख सकते हैं पर दीवार में सहिल का चित्र है यहाँ पर सभी का चित्र है यहाँ पर देख सकते हो आप लोग तो चैनल तो आज कटघोरा चकचकवा पहाड़ घुमाएंगे महाशिवरात्रि का कटघोरा चकचकवा पहाड़ लेकर जा रहे हैं आप लोग को वहाँ का जाकर नजारा दिखलाते हैं आप लोग तो बाइक से है तो हेलमेट नहीं लगाया था तो इसके बाद यहीं से चालू करना रहे हैं यहीं से चालू होता है आगे जाके आप लोग को चक चकुवा पहाड़ दिखलाते हैं तो भाई चलते हैं चल के आप लोग को दिखलाते हैं कटघोरा दिख चकचकवा पहाड़ हनुमानगढ़ी शिव दर्शन के लिए शिव शंभु के उसके बाद साथ में श्री राम जी का दर्शन करवाते हैं आप लोग को ये वाला बाईपास है कौरबा जाने के लिए बाईपास जाता है रायपुर कोरबा चांपा मार्ग सुबह नहीं पहुंच सका तो अभी शाम के चार बजे आ रहे हैं यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे ये चकचकवा पहाड़ यहीं से प्रवेश करेंगे चकचकवा पहाड़ के लिए हनुमान गढ़ी तो भाई चल के दिखलाते हैं आप लोग को यहाँ का नजारा रुको जरा सबर करो नजारा के अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड हैं को भी दबा दें तो बाइक पार कर लेते हैं यहाँ पर उसके बाद आप लोग को दिखलाते हैं चलते हैं आगे आगे को और दिखलाते हैं आप लोग को यहाँ का नज़ारा है। तो भाई देख सकते हैं का कनाजार आगे आगे आप लोग ऐसे शिव मंदिर है अरे हनुमान जी का मंदिर <laughs> तो रुको जरा सबर करो तो हनुमान मंदिर है चलते हैं आगे और दिखलाते हैं आपको, तो हम कर लिए। तो देखिए देख सकते यहाँ पर इधर का तो देख इस तो हम अभी श्री राम मंदिर दिखलाते हैं आप लोग को। अंदर घंटा तो गाय देख सकते हैं यहाँ पर दीवार में सभी का चित्र है यहाँ पर तो गाय देख सकते हैं आप हाँ लोग श्री राम मंदिर में आए हैं देख यहाँ का चित्र देख सकते हो कितना अच्छा है तो गाइस चलते हैं आप लोग को लोग को दिखलाते हैं करना जा रहा श्री राम मंदिर का देख सकते श्री राम मंदिर है तो है चलते हैं यहां से अब श्री राम मंदिर का दर्शन भी कर लिया शिव जी का भी कर लिया साथ में हनुमान जी का भी यहां से चलते हैं आप, से। है अब से गढ़ी से तो हम वापस आ चुके हैं गेट के पास इधर देख सकते हो इधर भी बन जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा इतना खूबसूरत बन जाएगा बाइक पार्क देख सकते होगा ऐसे कटघोरा सिटी है यहाँ का नजारा रहा है पहाड़ ऊपर से कितना अच्छा रहा है यहाँ पर ये कावर मंदिर ये देख सकते हो ऊपर भी अंदर में तो गाइस बाइक के पास आ चुके हैं हम लोग यहीं से चलते हैं घोरा अंदर जा रहे हैं इधर का नजारा आप लोग को दिखला दिया चकचकवा पहाड़ हनुमानगढ़ी का तो गाइस अच्छा लगे तो लाइक तो शेयर एंड सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना अभी तो से सपोर्ट भी नहीं करते हो यार जितना हो सके उतना सपोर्ट करो तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन को दबा दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय जे भारत जय छत्तीसगढ़